मैं अगर सितारों से चुरा से चुरा चुरा के के लाऊं लाऊं रोशनी, हवाओं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर कमी चोरा खेला से चुरा के से चुरा के के लाऊं रंगते, से लाऊं बरकते, न पूरी